हेलो दोस्तों मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग विद्यालय को किस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है को चेक करना सीखेंगे सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र पे PFMS टाइप करेंगे और सर्च करेंगे इसके बाद हमें जो पहली वेबसाइट मिलेगी पी पर क्लिक करना है इसके बाद हमें इस लॉग ऑप्शन पर जाना है और यहाँ यूजर आई टाइप करना है इसके बाद हमें पासवर्ड डालना है इसके बाद लॉगिन करना है साइट में माय फंड्स बटन पर जाएंगे और वहां हमें तीन ऑप्शंस मिलेंगे इसके बाद हमें में रिसीव्ड फ्रॉम अदर एजेंसी के ऑप्शन पे जाना है इसके बाद हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे जिसमें समग्र शिक्षा उस समय सेलेक्ट करना है इसके बाद बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे इसके बाद रिसीव्ड का सिलेक्शन करेंगे और सर्च करेंगे सर्च करने के बाद हमें नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखाएगा फिर हम बैंक मर्जर के ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे और इस तरह से हमारा पीएफएमएस पोर्टल पर जो हमें फंड रिसीव हुआ है वो हमें शो करने लगेगा तो इस तरह से हम अपने विद्यालय को आवंटित राशि की जांच कर सकेंगे धन्यवाद दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल टेकमास्टर को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें धन्यवाद